चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि बीस लिस्ट का ऐप कैसे देखें तो बीस लिस्ट ऐप देखने के लिए सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर खोल लेना होगा चलिए मैं अपना प्ले स्टोर खोल रहा था उसके बाद उसके बाद आपको चलना होगा अपनी जिस भी जुमेनाली से लॉगिन किया होगा उस जुमेरा आई का आइकन दिखा दिख जाएगा उसको आपको क्लिक करना उस पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा लाइब्रेरी यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं देखिए सबसे पहले आपको मिलेगा ब्रिस लिस्ट इसमें आप इस ऐप में देखिए जो भी आपने किया होगा वो तो आ जाएगा देखिए मैंने ये सारे ऐप पहले से विश लिस्ट में ऐड करके रखा था लेकिन आ गया हम। और चलिए बात करते हैं कि विश लिस्ट में को कैसे ऐड करते हैं विश तो लिस्ट में ऐड करने के लिए आपको कोई भी एक ऐप ले लेना होगा जैसे कि मैं ले लेता हूँ कोई भी एक ऐप ले लेता हूँ जैसे कि कुछ भी ले लेता हूँ हाँ देखिए फोटो चेंज करने वाला ऐप है वो लेने के बाद मैं ई ऐप ले लेता हूँ ये वाला ये और देखिए आपको बिश लिस्ट में ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा यहाँ पर थ्री डॉट्स से दिखाइए उस पर आपको क्लिक करना होगा थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ऐड टू बिश लिस्ट का ऑप्शन आ गया इसमें आप ऐड करके ऐड कर सकते हैं देखिए ऐड हो गया या फिर इस पर आप जो भी आप करें तो इस पर थोड़ा देर तक क्लिक करें और बिसलिस्ट से ऐड कर सकते हैं और इसको हटाने के लिए कैसे आप हटा सकते हैं बिश लिस्ट से तो बिश लिस्ट से हटाने के लिए आपको फिर से यही चीज़ डॉक्ट पर क्लिक करना होगा चलिए ऑफिंग आ गया रिमूव फ्रॉम बेस लिस्ट इसको आप हटा आगे सकते हैं देखिए रिमूव हो गया और आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा आज के लिए बस इतना